किसी की याद में बार बार रोने से दिल का दर्द कम नहीं होता प्यार तो तकदीर में लिखा होता है तरपने से कोई अपना नहीं होता वो कौन सा दिन था जब तुम मिले थे मौसम खुशनुमा था और गुन खिले थे आज ना ही तुम हो और ना ही वो मौसम क्या जरूरत थी तुम्हें मिलने की हम तो पहले ही चाँद निकलेगा तो दुआ मांगेंगे अपने हिस्से में मुकद्दर का लिखा मांगेंगे हम तलबगार नहीं दुनिया और दौलत के हम रब से सिर्फ़ आपकी वफ़ा मांगेंगे